तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है मैं हूँ आप मन के पसंद करा आप मन सपोर्ट करू और अपन मया दुला दे जय जोहार जय भारत जय छत्तीसगढ़